अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ ही स्ट्रेस फ्री गुजरे तो आपको सबसे पहले तीन चीजों का खास ध्यान रखना है स्लीप वेल हेल्थी फूड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड वन इज ऑन अगर आपको बॉडी को एक अच्छे से आराम मिल जाए एक फिजिकली और मेंटली आराम मिल जाए तो आपको छह घंटे की नींद की आवश्यकता होती है दूसरा हेल्दी फूड अगर आप हेल्थी फूड नहीं खाएंगे तो आपके अंदर जो डाइजेस्ट सिस्टम होती है वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे और आपके पेट के अंदर या फिर आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी फैलती रहेगी थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनेस्टी अगर आप कोई भी काम करते हो उसमें आप ऑनेस्टी नहीं रखते तो यकीन मानो आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में इसलिए हमें ऑनेस्टी तो हर जगह रखनी ही हो